बोला वो जब जुटती है तब जा पापा को लूट आ जाता है और हमको खूट आ जाता है लाइक जेब जब